हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आलोकन एकेडमी में आपका स्वागत है मैं राजेंद्र प्रसाद आज हम इतिहास के प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और टॉपिक है वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल ठीक है इसके अंतर्गत हम जो मुख्य मुख्य प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित जो भी जानकारी है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कर, क्वेश्चन नंबर एक है ऋग्वेदिक संस्कृति का मुख्य क्षेत्र कौन सा है ऋग्वेदिक संस्कृति और इसका मुख्य क्षेत्र पूछ रहा है तो यहाँ पर ऋग्वेदिक संस्कृति का या जो पूर्व वैदिक कालीन संस्कृति है उ, उसका मुख्य क्षेत्र है सप्तेंधो प्रदेश हमने जब क्लास के अंदर चर्चा की थी तो इसको विस्तार से देखा था कि जो आर्यों का मध्य एशिया से भारत की तरफ जो भौगोलिक विस्तार हो रहा है वो मध्य एशिया फिर वहाँ से ईरान वाला भूभाग है वहाँ से होते हुए वो अफ़ग़ानिस्तान आते हैं अफ़ग़ानिस्तान से भारत के सप्त सेंतु प्रदेश में आकर के रुकते हैं और वहीं पर ऋग्वेद की रचना होती है तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सप्त सेंतु प्रदेश जैसे यहाँ से मध्य एशिया से ये लोग आते हैं सबसे पहले अफग़ानिस्तान उसके बाद में सप्त सेंधो प्रदेश उसके बाद ब्रह्मव्रत प्रदेश उसके बाद ब्रह्म प्रदेश और बाद में मध्य देश और इस सारे भूभाग को बोला गया था आर्यव्रत ठीक है तो जो इनका पूर्व वैदिकाल में विस्तार हो रहा है पूर्व वैदिकाल में या ऋग्वेदिक काल में वो है सप्तेंधो प्रदेश में और यहीं पर क्या है ऋग्वेद की रचना हो रही है ठीक है तो जो प्रथम क्वेश्चन है ऋग्वेदिक संस्कृति का मुख्य क्षेत्र था तो वो है सप्तेंधो प्रदेश अब हम जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि यहाँ पर दो सूचियाँ दी गई हैं सूची एक और सूची दो सूची एक और दूसरी सूची है उसको मिलाना है इसमें कहा क्या गया है कि सूची एक को सूची दो के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए यानी कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है तो हमारे सामने यहाँ पर एक तरफ संहिता यानी वेद लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उपनिषद यानी जो वेदों के उपनिषद हैं उनके बीच में मिलान करना है यानी किस वेद का कौन सा उपनिषद है इस बारे में हमें चयन करना है तो यहाँ पर जैसे ए बी सी और डी और ये एक दो तीन और चार तो इस तरीके से देखें तो ऋग्वेद है उसका उपनिषद है कोशित ठीक है अगर यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद का उपनिषद है कठ उपनिषद सामवेद की बात करें तो सामवेद का उपनिषद है छांदोग्य। और अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद का है मुंडक उपनिषद तो इस तरीके से हम जो नीचे कूट दिए गए हैं उन से इनका मिलान करते हैं अब हम देखते हैं इनके मिलान के तौर पर जैसे हमने ऊपर देखा कि ऋग्वेद का जो उपनिषद है वो है कोसित की अथर्वेद का है मुंडक यजुर्वेद का है कट और सामवेद का है छांदोगे तो यहां पर मान लीजिए हमने ए बी सी और डी और यहाँ पर माना एक दो तीन और चार तो जैसे मान लीजिए ए है ए के सामने होना चाहिए चार तो ए के सामने चार बी बी के सामने होना चाहिए तीन तो बी के सामने ये तीन हो गया सी के सामने होना चाहिए एक तो सी के सामने ये एक हो गया और डी के सामने होना चाहिए दो मुंडक तो यहां पर ही हमारा दो हो गया तो इस रूप में हमारा जो कूट है वो है बी यानी बी हमारा सही आंसर है ठीक है हमने एक तरफ वेद देखे और दूसरी तरफ उपनिषद देखे जो वेद का जो उपनिषद है उसको हमें मिलाना था और यहां पर हमने प्रॉपर वे में इसका मिलान कर दिया है आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां पर हमारा अगला क्वेश्चन है दस राजाओं के युद्ध में दस राजाओं के युद्ध में भरतों के पुरोहित कौन था यानी एक ऋग्वेद काल में ऋग्वेदिक काल में जो सप्त वाला भाग है वहां पर युद्ध होता है और उसको नाम दिया गया था दसराग युद्ध यानी दस राजाओं के मध्य होता है तो इस युद्ध में होता यह है कि एक तरफ तो राजा सुदास होता है और दूसरी तरफ अन्य आर्य और अनार्य आर्य और अनार्य जो जातियां हैं उनके दस राजा होते हैं ठीक है तो इनके पुरोहितों के बारे में पूछ रहा है तो जो, जो राजा सुदास है उसका पुरोहित है वशिष्ठ और ये जो अनार्य और आर्य जातियाँ हैं इनका जो पुरोहित है वो है विश्वामित्र ठीक है अब जैसे मान लीजिए अगर इस युद्ध के पीछे जो कारण थे उनके बारे में देखें तो कारण ये है दो कारण यहाँ पर बताए जाते हैं एक तो क्या है कि जो विश्वामित्र है ये पहले सुदास का पुरोहित था फिर इसको यहाँ से निकाल दिया जाता है एक तो कारण यह बनता है और जो दूसरा कारण यह है साम्राज्य विस्तार यानी जो ऋग्वेद काल में साम्राज्य विस्तार हो रहा था उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो दसराज युद्ध है उसका यह कारण बनता है ठीक है तो ये दो कारण थे मुख्यतः और यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा वशिष्ठ ठीक है तो भरतवंश के जो लोग थे या जो राजा सुदास है सुदास है वह भरतवंश का है तो यहां पर इनका पुरोहित है वशिष्ठ आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर क्वेश्चन है सतपथ ब्राह्मण सतपथ ब्राह्मण संबंधित है ठीक है क्वेश्चन है सतपथ ब्राह्मण संबंधित है और यहां पर नीचे दे रखा है वेद यानी वेदों से किस वेद से संबंधित है तो जो सतपथ ब्राह्मण है वो शाम वेद से संबंधित है यानी जो शाम वेद है सॉरी यजुर्वेद से संबंधित है यहां पर जो सतपथ ब्राह्मण है वो है यजुर्वेद से संबंधित सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ये ब्राह्मण ग्रंथ है अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं और क्वेश्चन है उपनिषद काल का या उपनिषद युद्ध का राजा अश्वपति कहाँ का शासक था तो जो अशोपति है वो है कैके का इनके नाम से ही जुड़ा हुआ है कैकई का राजा अशोपति तो ये अशोपति कैकई के राजा थे मगध उपनिषद काल में ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ था ये बाद में जब बिंबी सार वगैरह यहाँ पर शासक बनते हैं या फिर कहें तो जो हरियक वंश है उसके आने के बाद मगध साम्राज्य का विस्तार ज्यादा होता है या फिर भारत के मानचित्र में मगध साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में प्रसिद्धि पाता है तो वो हरियक वंश के बाद में पाता है ठीक है और पांचाल और सूर्यसेन ये भी जो महाजन पद काल है उसमें सोलह महाजनपदों में इनकी गिनती होती थी लेकिन अभी जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है शुपति के बारे में और अशुपति है के, के का राजा ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से प्रमुखतः किस एक में यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण है तो यज्ञ वेदियों की अगर बात करें यज्ञ वेदिकाएं 30 शताब्दी के बाद में जो वेदिकोत्तर साहित्य लिखा गया था वेदिकोत्तर साहित्य लिखा गया था उसमें एक साहित्य है वेदांग और वेदांग के अंदर वेदांग का एक भाग है कल्प ये कल्प है इसका मतलब है कर्म कांड कर्मकांडीय नियम और इन कर्म नियमों के अंतर्गत जो कल्प है इसको तीन भागों में बांटा गया है श्रोत सूत्र गह सूत्र और ध्रम सूत्र अब जो श्रोत सूत्र है नंबर एक वाला उसके अंतर्गत सुलभ सूत्र दिया गया है सुलभ सूत्र और ये सुल्भ सूत्र है उसी के अंतर्गत होता क्या है कि यज्ञ की वेदिकाओं के निर्माण यज्ञ की वेदिकाओं के निर्माण और रेखा गणित की जानकारी दी गई है ठीक है तो यहां पर हमने देखा जो हमारा क्वेश्चन है वो देखो एक बारी निम्नलिखित ग्रंथों में यानी जो नीचे ग्रंथ दिए गए हैं किस एक में यज्ञ वेदिकाओं के निर्माण का विवरण मिलता है यानी जो वैदिक काल में या वैदिक काल के बाद में जो यज्ञ बनता यज्ञ का जो आयोजन होता था उसमें जो वेदिका बनती थी उसमें मतलब कितना अनुपात होना चाहिए इसका ज्ञान हमें कहाँ पे मिल रहा है तो ये ज्ञान हमें मिल रहा है सुल्भ सूत्र में और ये शुल्भ सूत्र है वो कहाँ से लिया गया है या किसका भाग है यह है कल्प का भाग है और कल्प में है स्रोत सूत्र स्रोत सूत्र है उसी में से सुलू सूत्र लिया गया है और इसमें हमें किसके बारे में जानकारी मिल रही है यज्ञ वेदिकाओं के बारे में ठीक है तो हमारा राइट आंसर होगा यहां पर सुलू सूत्र आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर सात सात नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन विदुषियों ने वैदिक मंत्रों की रचना की यानी ऐसी कौन सी विदुषियां थी जिन्होंने वैदिक काल में अध्ययन किया और फिर जो वैदिक मंत्र है उनके उनकी रचना में योगदान किया ऐसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन है गार्गी विश्वार एव गोसा, मैत्री जबाला। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी विश्वारा गोसा। और भी बहुत थी जैसे अपाला तो जो वैदिक मंत्रों की रचना कर रही कर रही है और यहाँ पर बात हो रही है पूर्व वैदिक काल की अर्थात पूर्व वैदिकाल में जो ऋग्वेद के मंत्र हैं उनके रचना में किन विदुषियों का योगदान है इस बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहां पर है विश्वारा गोसा अपाला इस रूप में हमारा राइट आंसर है बी ठीक है आगे हम अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है द्विज किसे कहा गया है दिज तो यहां द्विज से मतलब है जो जनेऊ वगैरह धारण करते थे और जो वैदिक मंत्र हैं उनको सुन सकते थे या उनका पाठ कर सकते थे उनको यहां पर द्विज कहा गया है तो नंबर एक ऑप्शन में है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और इन्हीं को क्या कहा गया है द्विज बाकी जो तीसरा वर्ण है शुद्ध चौथा वर्ण है शुद्र इसको ऐसा करने का अधिकार नहीं था या फिर ये वैदिक जो मंत्र है ना तो उनको सुन सकता था ना इनका वो अपने स्तर पर पाठ वगैरह कर सकता था तो इस रूप में जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि द्विज किसे कहते थे या द्विज किसे कहा गया है तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को यहाँ पर द्विज की संज्ञा दी गई है ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा एपिग्राफी एपिग्राफी क्या है यह एपिग्राफी किसे कहते हैं तो ऑप्शन है अभिलेखों का अध्ययन सिक्कों का अध्ययन प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन पांडिलिपियों का अध्ययन तो जो अभिलेखों का अध्ययन होता था या अभिलेखों के अध्ययन को यहाँ पर एपिग्राफिक आ गया है तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अभिलेखों का अध्ययन अगर सिक्कों के अध्ययन की बात करें तो ये न्यूमिस्मेटिक कहलाता था प्राचीन वस्तुओं का जो अध्ययन है या प्राचीन जो चीज़ें हमारे अध्ययन के स्रोत बनती हैं तो उनको पुरातत्व या आर्कोलॉजिकल आइटम्स के रूप में या आर्कोलॉजिकल जो वस्तुएं हैं उनके अंतर्गत देखा जाता है तो यहां पर एपिग्राफी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिलेखों का अध्ययन अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर दस निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो यहाँ पर नंबर एक कथन है ऋग्वेद में राजा द्वारा दी जाने वाली न्याय का या फिर न्यायिक प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन मिलता है यानी जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर वो है कि ऋग्वेद काल में जो न्यायिक व्यवस्था थी उसका विस्तृत वर्णन मिलता है या फिर राजा जो न्याय करता था उसकी विस्तृत जानकारी मिलती है और दूसरा है अथर्वेद में वस्त्रों तथा बकरी की खाल का व्यापारिक वस्तुओं के रूप में उल्लेख मिलता है ये दो कथन हमारे सामने हैं एक तो न्याय प्रणाली जो ऋग्वेद काल की है उसके बारे में पूछ रहा है और एक उत्तरवेदी काल में जो वस्त्र हैं और एक जो बकरी की खाल है उनको व्यापारिक वस्तुओं के रूप में प्रयोग किया जा रहा है इन दोनों में से कौन सा सही है तो यहाँ पर अगर देखें नंबर एक कूट में कि ऋग्वेद काल में राजा द्वारा दी जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन मिलता है तो ऐसा हमें नहीं मिलता है न्याय प्रणाली की विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है कहीं कहीं ये जानकारी अवश्य मिलती है कि राजा या फिर जब वो राज उस समय जो राजन होता था वो किसी को दंड देता था तो उसके बदले में सो गायें सो गायों की मांग करता था ठीक है या फिर संबंध विच्छेद जैसी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है लेकिन जो न्याय प्रणाली है उसकी विस्तृत व्याख्या कहीं पर देखने को नहीं मिलती है तो इस रूप में ये जो हमारा नंबर एक कूट है ये गलत हो जाएगा नंबर दो कूट है अथर्वेद में वस्त्रों तथा बकरी की खाल का व्यापारिक वस्तुओं के रूप में उल्लेख मिलता है तो ऐसा या ऐसी जानकारी हमें जरूर मिलती है तो इस रूप में ये कूट हमारा सही हो जाएगा तो यहां पर उपरोत कथनों में से कौन सा सही है तो हमारा नंबर दो का जो कथन है वो सही है तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी यानी दो जो कूट है वो सही है इस रूप में बी हमारा यहां पर सही आंसर है आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ग्यारह और इसमें पूछ रहा है अद्वैत दर्शन का प्रतिपादक निम्न में से किस किसमें मिलता है यानी अद्वैत जो दर्शन है उसका सबसे पहले प्रतिपादन कहां पर मिलता है या कहां पर किया गया है इस बारे में पूछा जा रहा है तो हमारे पास में ऑप्शन है वेदों में उपनिषदों में मनुस्मृति में स्मृतियों में तो जो अद्वैत है अद्वैत का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आत्मा और जो ब्रह्म है उनमें कोई भेद नहीं है यानी दोनों एक ही हैं। जैसे आगे शंकराचार्य कहता है कि अहम् ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं जो मानव की या फिर जो जीव में आत्मा है और जो ब्रह्म है यानी जो परम शक्ति है उसके बीच में यहाँ पर भेद नहीं बताया गया है दोनों को एक ही माना गया है तो ऐसी जानकारी या ऐसा दर्शन हमें कहां देखने को मिलता है? तो वो है उपनिषदों में उपनिषदों के के अंतर्गत इन्हीं चीजों ऊपर जो दार्शनिक संवाद यहां पर मिलता है ब्रह्म और आत्मा के बीच में जो अभेद है उसके ऊपर या एकेश्वरवाद जैसी विचारधारा यहां पर देखने को मिलती है तो हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा उपनिषद बी ठीक है अगला क्वेश्चन है पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण होता था बात हो रही है पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेद काल की और इस समय जो राजतंत्र है वो एक तरीके से मतलब वंशागुत वंशानुगत तो हो गया है लेकिन पूरी तरीके से वो ए, उसके जो अधिकार हैं वो अभी सीमित है यानी असीमित अधिकार अभी इसके पास में नहीं है कुछ ऐसी कबायली संस्थाएं यहाँ पर हैं जो इसके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनाती हैं या फिर जो निर्णय लेता है उसमें सहयोग करती हैं तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि पूर्व अधिकाल में राजा पर नियंत्रण होता था तो यहाँ पर राजा पर नियंत्रण जो कर रही हैं संस्थाएँ वो हैं सभा और समिति सभा और समिति दो संस्थाएँ हैं जो राजा पर नियंत्रण करती हैं, अब यहाँ अगर सभा की बात करें तो ये सभा बुजुर्गों और जो कुलीन वर्ग है या कुलीन जो लोग हैं उनकी संस्था होती थी सभा है वो बुजुर्गों और कुलीन वर्ग के लोगों की सभा होती थी और समिति की बात करें तो ये जो जनसाधारण है उनसे मिलकर के बनती थी यानी समाज के एक बड़े वर्ग से मिलकर के ये सभा बनती थी जिसको समिति बोला गया है यानी अलग अलग दो संस्थाएं हैं एक सभा है और एक समिति है सभा यहाँ पर बुजुर्गों व कुलीन वर्ग से मिलकर बन रही है और समिति है वो जनसाधारण के जो आ, शिक्षित लोग हैं या फिर निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं उनसे मिलकर के बनी है तो यहाँ पर जैसे समिति है वो अभी की लोकसभा जैसी हो गई और यहाँ पर जो सभा है वो राज्यसभा जैसी हो गई और उस समय दो संस्थाएं और थी एक है विदत और दूसरी है गण अगर विदत की बात करें तो यह क्या है कि जो संसाधन है उनका बंटवारा करती थी यानी उस समय जो उपज हो रही है या कहीं से लूट का माल आ रहा है तो उसका बंटवारा यहां पर विदत में होता था और जो गण है तो यह गण क्या है यह भी या सब्रांत जो लोग थे उनकी संस्था होती थी लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि पूर्व वैधिकाल में राजा पर नियंत्रण होता था तो वो है सभा और समिति का ठीक है तो हमारा यहां पर ए आंसर है वो ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर तेरह है निम्न में से कौन सी बातें उत्तर वैदिक काल का लक्षण है उत्तर वैदिक काल का लक्षण पूछ रहा है यहाँ पर तो उत्तर वैदिक काल में क्या होता है नंबर एक यहाँ पर है जैसे जंगलों का व्यापक रूप में जलाया जाना ये सही है लोह उपकरणों का निर्माण ये भी सही है ऋतु का ज्ञान इस समय ऋतु का ज्ञान होने लग जाता है यानी फसल चक्र यहाँ पर ऋतु के हिसाब से बोया जा रहा है तो यहाँ पर ये चीज़ें सही हैं बड़े पैमाने पर सिंचाई ये गलत है क्योंकि अभी तक ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है कि किसी नहर द्वारा या फिर कुएँ वग़ैरह बनाकर के सिंचाई के साधन के रूप में उनका प्रयोग किया जा रहा है ऐसा अभी देखने को नहीं मिला जा रहा है मिल रहा है बाकी जो फसल है वो क्या है प्राकृतिक जो बारिश वग़ैरह है उसी के माध्यम से बोई जाती है काटी जाती है तो ये वाला जो ऑप्शन है अंत वाला अंतिम वाला बड़े पैमाने पर सिंचाई तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा बाकी जो तीन ऑप्शन है जंगलों को व्यापक रूप में जलाया जाना तो इसकी जानकारी हमें मिलती है जैसे मान लीजिए कि एक विदय माधव की विदय माधव की जो कथा है उसमें भी हमें ये जानकारी मिलती है लो उपकरणों का निर्माण तो होता ये है कि एक ईसा पूर्व के आसपास से ही हमें एक जगह है अतरंजी खेड़ा वहाँ से हमें लोह उपकरण मिलने शुरू हो जाते हैं या लोहे के अवशेष मिलने लग जाते हैं फिर जो आलमगीरपुर है वहाँ से हमें लोहे की जानकारी मिलती है या लोहे के उपकरण मिलते हैं और एक जगह और है अस्तिनापुर, अस्तिनापुर से भी हमें लोहे के अवशेष मिलते हैं तो ये तीन चार ऐसे स्थल हैं जहां से लोहे की जानकारी मिल रही है तो ये उत्तरवेदिकाल की एक अच्छी विशेषता है और ऋतुओं का ज्ञान भी यहाँ पर हो जाता है तो हमारा यहाँ पर नंबर तेरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा बड़े पैमाने पर सिंचाई सॉरी बड़े पैमाने पर सिंचाई साधनों का नहीं होना ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा इस रूप में एक दो और तीन तो यहाँ पर ए में दे रखा है एक दो तीन तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर चौदह है निम्न में से या निम्न कौन सा शब्द ऋग्वेद में युद्ध के लिए मिलता है यानी युद्ध के पर्याय के रूप में यहां पर पूछा गया है कि ऋग्वेद में जो युद्ध होता है उसको क्या कहा गया है तो यहां पर नंबर एक में दिया गया है गविष्टि अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में होता क्या है कि ज्यादातर जो युद्ध हैं वो किसके लिए हो रहे हैं गायों के लिए ठीक है यहां पर युद्ध हो रहे हैं गायों के लिए और गायों को होता क्या है कि एक पणि नामक यहाँ पर शब्द मिलता है और ये पणि कौन है पणि यहाँ पर ऋग्वेद में जो गायों की चोरी करते हैं उनको कहा गया है तो यहाँ पर आर्य क्या करते हैं जो पणियों के विरुद्ध गायों की चोरी के लिए या गायों को बचाने के लिए जो युद्ध करते हैं उसको यहाँ पर गविष्टि कहा गया है तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा गविष्टि क्वेश्चन हमारा था निम्न में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में युद्ध के लिए मिलता है तो उसका राइट right आंसर हो जाएगा गविष्टि क्योंकि जो गायों के लिए या गायों के लिए यहां पर बार बार युद्ध हो रहे हैं और उसको बोला गया है गविष्टि ठीक है तो ये सही उत्तर होगा हमारा अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किस में समाज के चतुर्वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख मिलता है यानी जो चार वर्ण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये हमारे समाज के चार वर्ण हैं इनका जो स्पष्ट उल्लेख मिलता है वो कहां पर मिलता है ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो ऋग्वेद के दसवें मंडल में पुरुषूक्त के अंतर्गत हमें जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है उसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऋग्वेद का पुरुष सूक्त और क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछा गया है कि निम्न में से किस में किस में समाज की चतुर्न व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख मिलता है तो उसका प्रॉपर आंसर है ऋग्वेद के दसवें मंडल का पुरुष सूक्त ठीक है अगला जो क्वेश्चन है वो है वैदिक शब्द ऋत का आशय है ऋत यानी वैदिक काल में जो ऋत शब्द है उसका आशय क्या है तो यहां पर हमें ऑप्शन दे रखे हैं नैतिक नियम ऋतुएँ पुरोहित और ऋण तो जो ऋत शब्द है उसका मतलब हो जाएगा नैतिक नियम और इनका जो संचालक है वो है वरुण वरुण है इसको बोला गया है ऋत्य गोपा यानी जो ऋतुएं सॉरी नैतिक नियम है उनका संचालक वरुण है और इसको ऋतक्ष्य गोपा बोला गया है ठीक है कहने का मतलब जो प्रकृति है उसके अंतर्गत जो उसके नियम बने हुए हैं उनका संचालन यहाँ पर वरुण के माध्यम से किया जा रहा है और उसी को यहाँ पर नैतिक नियमों का संरक्षक भी बोला गया है ठीक है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ए नैतिक नियम अगला क्वेश्चन है ब्रह्म यहां पर शब्द दे रखा है ब्रह्म का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ क्वेश्चन है ब्रह्म यानी यहां पर एक या एक सत्ता के रूप में बात हो रही है और उसका आविर्भाव कहां पर हो रहा है तो ऑप्शन दे रखे हैं ऋग्वेद काल में ब्राह्मण काल में आर्ण्य के काल में उपनिषद काल में तो ऋग्वेद काल में हमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता ब्राह्मण ग्रंथों में हमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता आर्ण्यक्यों में नहीं मिलता है लेकिन उपनिषद काल में होता यह है कि हमें ब्रह्म व आत्मा के बीच में जो दार्शनिक संवाद है या फिर यहाँ आते आते क्या होता है कि जो ऋग्वेद है या पूर्व वैदिक काल है ऊपर पूर्व उत्तर वैदिक काल की जो विशेषताएँ हैं उसके अंतर्गत क्या है कि जो आर्य हैं वो पूरी तरीके से सांसारिक जीवन का आनंद ले रहे हैं लेकिन यहाँ आते आते उनका मोह भंग हो जाता है ठीक है अब वो क्या कर रहे हैं आत्मा ब्रह्म जैसी चीजों के ऊपर चिंतन करने लग जाते हैं तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपनिषद काल में ठीक है यानी ब्रह्म को एक परम सत्ता के रूप में जो माना गया है वो है उपनिषद काल में ठीक है अगला क्वेश्चन है गोमत क्या है और ऑप्शन हमें दे रखा है एक बौद्ध तीर्थस्थान एक हिंदू देवता एक जैन मूर्ति और इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन है गोमत क्या है तो ये गोमत शब्द है ये ऋग्वेदकालीन शब्द है और ऋग्वेद में गोमत से तात्पर्य यह है कि जो समाज का समृद्ध व्यक्ति होता था और यहाँ पर समृद्ध से मतलब ये है जिस जिसके पास में पशुओं की संख्या ज़्यादा है पशुओं की संख्या ज़्यादा है वो समृद्ध है यानी जिसके पास में गाय बकरी घोड़ा ये ऐसी चीज़ें ज़्यादा हैं वो समृद्ध था और यहां समृद्ध को बोला गया है गोमत ठीक है और यह विशेषता कब की है ऋग्वेद काल की तो यहां पर जो ऑप्शन दे रखे हैं गोमत से संबंधित एक बौद्ध तीर्थ स्थान तो यह गलत हो जाएगा एक हिंदू देवता यह भी गलत हो जाएगा एक जैन मूर्ति तो एक जैन मूर्ति है गोमतेश्वर कर्नाटक कि में ये गोमतेश्वर है लेकिन ये हमारा यहां पर उचित आंसर नहीं है तो यहां जो अंतिम है इनमें से कोई नहीं ये हमारा हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि जो और ऑप्शन है वो मेल नहीं खा रहे हैं क्योंकि गोमत का अर्थ यहां पर ऋग्वेद के में जो समृद्ध व्यक्ति है उससे किया जा रहा है तो इस रूप में हमारा जो आंसर है वो है डी इनमें से कोई नहीं ठीक है अगला क्वेश्चन है बोगज अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है बोगज गोई ये बोगजगोई का अभिलेख है यह बेसिकली ईरान ईरान में मिला है और 1400 ईसा पूर्व का यह अभिलेख है इसमें हो क्या रहा है कि जो कालीन देवता हैं, उसी तरह के देवताओं का उल्लेख या उन्हीं की तरह के देवताओं के नामों का उल्लेख यहाँ पर मिल रहा है तो जो नाम है वो इस तरह से हैं जैसे अगर ऑप्शन देखें तो इंद्र अग्नि रुद्र और सोम ये गलत हो जाएगा इंद्र नासत्य मित्र और वरुण ये राइट आंसर है यानी भोगध अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है तो वो है इंद्र मित्र और वरुण ठीक है और जो हम की विस्तार की जब बात करते हैं आर्यों के भौगोलिक विस्तार की या भारत से भारत में इनके आने के बारे में जब चर्चा होती है तो ये जो भोगध का अभिलेख है ये भी एक समर्थन के रूप में या फिर एक मजबूत साक्ष्य के रूप में हमारा समर्थन करता है कि आर्य मध्य एशिया से होते हुए भारत में आए थे ठीक है तो हमारा आंसर है बी और बी के अंदर दे रखा है इंद्र ना मित्र और वरुण और इन्हीं देवताओं का बोगज का जो 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है उसमें उल्लेख मिलता है अगला जो क्वेश्चन है वो है किस संहिता में या किस संहिता को ब्रह्मवेद कहा गया है ठीक है तो यहां पे ऑप्शन है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्वेद तो यहां पर जो अथर्वेद है अथर्वेद को ब्रह्मवेद कहा गया है ठीक है कारण क्या है कि एक तो इसके जो रचेता हैं, वो ब्रह्मा हैं। या इसके जो प्रोहित हैं वो ब्रह्मा हैं और एक ये ज्यादा लोकप्रिय था इसके जो प्रोहित हैं वो ब्रह्मा हैं और लोकप्रिय है इसमें जो सांसारिक जीवन है उससे संबंधित कई चीजों की जानकारी मिलती है इस कारण से इसको ब्रह्मवेद कहा गया है तो हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा अथर ठीक है और क्वेश्चन था कि संहिता को या किस वेद को ब्रह्मवेद वेद का आ गया है तो हमारा आंसर है यहां पर अथर्वेद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारा वेद त्री में शामिल है वेद त्री में शामिल है तो इसके अंतर्गत उन तीन वेदों के बारे में देखना है जो यहाँ या ए, फिर जिनकी विषय वस्तु एक जैसी है या उनको वेद कहा गया है तो जो तीन वेद हैं वो हैं जैसे अगर नंबर वन को देखा जाए ऋग्वेद यजुर्वेद और अथुर्वेद तो यहाँ ये गलत हो जाएगा क्योंकि अथर्वेद की जो विषय वस्तु है वो ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद की विषय वस्तु से मेल नहीं खा रही है इस कारण से ये गलत हो जाएगा ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद ये राइट आंसर है हमारा क्योंकि यहाँ पर इन तीनों की विषय वस्तु एक जैसी है और इसी कारण से इनको क्या बोला गया है वेद ठीक है तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है बी वेद में शामिल हैं ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद ठीक है अगला क्वेश्चन है 22 दसराग युद्ध क्वेश्चन है दसराग युद्ध का विजेता सुदास किस जन से संबंधित था यानी राजा सुदास जिसने दसराग युद्ध लड़ा वो किस जन से संबंधित था तो यहाँ पर अलग अलग जन थे लगभग दस के लगभग जिनमें एक जन सुदास का है और वो है भरत अभी हमने पहले भी चर्चा की थी तो राजा सुदास है वो भरतवंश का है इस रूप में हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा डी ठीक है आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है 22 टू ए ट्वेंटी और इसमें कहा गया है कि मैं कवि हूं मेरे पिता वैद्य हैं मेरी माता अन्न पीस्ती है और ये अवतरण कहाँ पर मिला गया है यानी ऐसा उल्लेख कहाँ पर मिलता है तो इस क्वेश्चन की विशेषता ये है कि परिवार एक है लेकिन उनके कार्य अलग अलग हैं ठीक है जैसे मान लीजिए कि खुद कवि है पिता वैद्य हैं माता अन्न पीस्ती है एक ही परिवार में अलग अलग तरह के काम करने वाले लोग रह रहे हैं तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि जो क्रम प्रधान वर्ण व्यवस्था अगर कर्ण क्रम प्रधान वर्ण व्यवस्था का कहीं उल्लेख मिलता है तो उसके बारे में हमें बताना है और यह विशेषता हमें कहाँ मिलेगी ऋग्वेद में तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऐसी व्यवस्था ऋग्वेद में ही थी बाद में होता ये है कि धीरे धीरे फिर जाति आधारित व्यवस्था या क्रम से क्या हो जाता है जाति की तरफ चीज़ें बदल जाती हैं या उधर उनका जो मूमेंट है वो उधर हो जाता है क्रम प्रधान ऋग्वेदिकालीन व्यवस्था है उसके बाद में जातियाँ बनने लग जाती हैं और जो जैसे ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है या शूद्र है इनके कामों का भी स्पष्ट उल्लेख मिलने लग जाता है और फिर धीरे धीरे ये चीजें बहुत ज्यादा क्लिष्ट होने लग जाती हैं ठीक है तो हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा ऋग्वेद आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन ऋग्वेदिक देवता क्वेश्चन है हमारा ऋग्वेदिक देवता इंद्र के विषय में निम्न में से कौन सी बातें सही हैं यानी ऋग्वेद का जो मुख्य देवता था वो था इंद्र और उसके बारे में जो विशेष बातें हैं या मुख्य चीज़ें क्या हैं वो हमें बतानी है या में ऑप्शन दे रखा है उसे भोज और सौमरस पान प्रिय था ये ठीक है वह पुरु को पुरु से मतलब ये है कि जो महल वगैरह हैं या भवन है उनको नष्ट करने का तो ये भी ठीक है वे, वे सर्वाधिक सुख्त उसे संबोधित है तो ये भी सही है क्योंकि उसे 250 सौ सुक्त संबोधित हैं इसके बाद दूसरा नंबर आता है 200 सौ सुक्त जो अग्नि को समर्पित हैं तीसरा जो देवता है वो वरुण है तो इस तरीके से जो इंद्र है उसको सबसे ज़्यादा सुक्त संबोधित हैं वह ऋत का धारक था ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अभी हमने पहले भी, ए, भी डिस्कशन किया था कि जो रित है या नैतिक नियम है उसका जो संचालक है या रित गोपाल जिसको कहा गया है वो है वरुण ठीक है तो ये हमारा यहां पर गलत हो जाएगा तो हमारे यहां पर सही आंसर है वो है डी क्योंकि यहां पर नहीं पूछ रहा है तो इस रूप में हमारा हो जाएगा डी क्योंकि ये जो कार्य है रित वाला कार्य वह है, है वरुण का बाकी तीन ऑप्शन है उसे भोज एम सोमरस पान प्रिय था ठीक है वे को नष्ट करने वाला था यह भी ठीक है सर्वाधिक सुख उसे संबोधित है तो यह भी ठीक है ठीक है आगे देखते हैं नंबर पच्चीस और नंबर पच्चीस क्वेश्चन है उसमें दे रखा है शुक्ल वह प्रष्ण पक्ष के रूप में ज्ञात दो संस्करण मिलते हैं ठीक है यानी जिस वेद के दो पक्ष मिलते हैं एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष तो वो कौन सा है ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो यहां पर जो यजुर्वेद है यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया था शुक्ल और कृष्ण ठीक है तो ये हमारा राइट right आंसर हो जाएगा बी यजुर्वेद ठीक है आगे देखते हैं क्वेश्चन है निम्न ब्राह्मण मूल ग्रंथों में से निम्न ब्राह्मण मूल ग्रंथों में से एक ऋग्वेद से संबंधित है यानी यहां पर ब्राह्मण ग्रंथ पूछे जा रहे हैं और वो भी ऋग्वेद से संबंधित तो हमने देखा था पहले क्लास के अंदर कि जो ऋग्वेद है ऋग्वेद है उसके ब्राह्मण ग्रंथ थे एवं एत्रियव कोशितकीय एवं कोशितकी ठीक है या फिर इसको एक के भी बोल सकते हैं तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा नंबर एक ठीक है या फिर जैसे और ऑप्शन है तो गोपथ है ये अथर्वेद का है सतपथ है तो ये यजुर्वेद का है तत्रीय है तो ये सामवेद का है तो इस तरीके से यहां पर एत्रिय है वो है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ठीक है आगे देखते हैं ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में सूक्त है क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के अंदर जो सूक्त लिखे गए हैं वो सबसे ज्यादा किस देवता को संबोधित हैं? ऐसा यहां पर पूछा जा रहा है तो वरुण को ये गलत हो जाएगा अग्नि को ये गलत हो जाएगा विष्णु को ये भी गलत हो जाएगा इंद्र ये सही है क्योंकि इंद्र के विषय में 250 सूक्त हमें देखने को मिलते हैं जो सबसे ज्यादा है और इंद्र ऋग्वेद काल का सबसे प्रमुख देवता भी था तो इस रूप में हमारा डी है वो सही आंसर हो जाएगा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन निम्न पाठों पर विचार कीजिए निम्न पाठों पर विचार कीजिए और हमारे पाठ क्या हैं या फिर यहाँ पर ग्रंथ दिए गए हैं उनके बारे में विचार करना है सतपथ ब्राह्मण वृद्धार्ण्य के उपनिषद आचारांग सूत्र विनय पिटक उपरोक्त में से कौन से वैदिक काल से संबंधित नहीं है वैदिक साहित्य से संबंधित नहीं है ठीक है यानी चार ग्रंथ हमें दे दिए और चार में से जो वैदिक काल से संबंधित नहीं है उनको हमें अलग करना है तो देखते हैं सतपथ ब्राह्मण यह वैदिक साहित्य है वृद्धारण्य के उपनिषद ये भी वैदिक साहित्य है आचारांग सूत्र तो ये जो आचारांग सूत्र है ये जैन ग्रंथ है, जैनों से संबंधित है और इसमें क्या है भिक्षु के आचार नियम दिए गए हैं ठीक है, है? आचारांक सूत्र है वो जैन ग्रंथ है और जो भिक्षु रहते थे जंगल के अंदर उनके नियम वगैरह इसमें दिए गए हैं ठीक है, है? विनय पिटक ये बौद्ध ग्रंथ है और विनय पिटक में क्या है इसमें भी जो नियम नियम और आचरण संबंधित यानी जो भिक्षु हैं बौद्धों के उनके नियम वगैरह इसमें भी दे रखे हैं विनय पिटक के अंतर्गत तो हमारे यहां पर सही आंसर होगा तीन और चार क्योंकि ये वैदिक साहित्य से संबंधित नहीं है तो यहां पर नंबर चार है तीन और चार ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा 29 और इसमें दे रखा है प्राचीन काल में विवाह के निम्न में से किस स्वरूप में वर द्वारा वधू के संरक्षक को गाय तथा बैल प्रदान किया जाता था वर यानी जो लड़का है लड़का पक्ष वाला लड़की पक्ष वाले को गाय और बैल दे रहा है यहां पर तो ऐसा कहां पर देखने को मिलता है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आर्ट्स ये जो आर्ट्स वि है इसमें क्या है कि लड़के पक्ष वाले या लड़का पक्ष वाले लड़का पक्ष की तरफ से गाय व बैल दिया जाता था और वो किसको वधु पक्ष को ठीक है ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है यानी होता यह है कि उत्तर वैदिक काल में आठ प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं जैसे ब्रह्म विवाह है देव विवाह है असुर विवाह है प्रजापति विवाह है पैशाच विवाह है या फिर प्रजापति विवाह है असुर विवाह है तो ये आठ प्रकार के विवाह थे इनकी अलग अलग विशेषता है सबसे जो उत्तम कोटि का विवाह होता था वो ब्रह्म था उस ब्रह्म के अंतर्गत मतलब एक तरीके से मतलब उसको सबसे उत्कृष्ट कोटि का माना जाता है और फिर धीरे धीरे क्या है इनकी कोटियाँ कमजोर होने लगती मतलब निम्न कोटि उच्च कोटि से निम्न कोटि की तो, तरफ ये बढ़ते हैं जिनके अंतर्गत एक आठ विवाह भी है जिसमें वर द्वारा वधु पक्ष के संरक्षक को गाय तथा बैल प्रदान किया जाता था या करना पड़ता था तो हमारा आंसर है डी आर्स आगे देखते हैं नंबर 30। निम्न में से किस वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है तो गायत्री मंत्र का जो वर्णन है वो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में तीसरा मंडल और ये रचना की थी इसने इसकी रचना की थी विश्वामित्र ने ठीक है तो वेद है ऋग्वेद उसका तीसरा मंडल है विश्वामित्र गायत्री मंत्र की रचना कर रहे हैं तो हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा ए अगला जो क्वेश्चन है वो है 31 और इसमें दे रखा है निम्न में से किस मूल पाठ निम्न में से किस मूल पाठ में भारत गणितीय लेखन के संबंधित प्राचीन साक्ष्य नीतें यानी गणित की जानकारी यहाँ पर पूछ रहा है जो प्राचीन साक्ष्य के रूप में है तो यहाँ पर ग्रंथ है सूत्र, और ये जो कल्प सूत्र हैं तो सॉरी कल्प जो वेदांग है उसका भाग है श्रोत सूत्र और श्रोत सूत्र का ही भाग है सूत्र। उसमें हमें रेखा गणित और यज्ञ वेदिकाओं के निर्माण की जानकारी मिलती है ठीक है अब अगर बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस एक में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के रूप में किया गया है तो यहां देखते हैं निम्न में से एक में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल या कुल से मतलब है क्लेन के अर्थ में किया गया है तो ऋग्वेद में ऐसी जानकारी नहीं मिलती है अथर्वेद या अथर्वेद में ऐसी जानकारी मिलती है होता यह है कि अथर्वेद में आते आते जो गोत्र व्यवस्था है वो इतनी मजबूत हो जाती है कि अलग अलग यानी कुलों के अंदर या जो वैवाहिक संबंध है वो अपने कुल के अंतर्गत ही होने लग जाते हैं तो यहां अथर्वेद हमारा हो जाएगा सही आंसर आगे अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा कठो उपनिषद कठो उपनिषद निम्न में से किस एक से संबंधित है यानी जो उपनिषद है कठ उपनिषद वो किस वेद से संबंधित है ऐसा यहां पर पूछा गया है तो जैसे ऋग्वेद है तो इसके उपनिषद की बात करें तो इसके उपनिषद है त्रीय और कोषित की सामवेद सामवेद के उपनिषदों की बात करें तो सामवेद के हैं छोग्य और जैमिनी यजुर्वेद तो यजुर्वेद के उपनिषदों की बात करें तो यहां पर कठो उपनिषद ईश वृद्ध ण्य के मा नारायण मैत्र ये इस तरह से उपनिषद है यजुर्वेद के तो इसी के अंतर्गत हमारा कठोपनिषद भी सही हो जाएगा बात करें अगर अथुर्वेद की तो इसके उपनिषद हैं प्रसन मुंडक और मांडुक के ठीक है तो कठोपनिषद के बारे में यहां पर पूछा गया है और कठोपनिषद है यजुर्वेद का उपनिषद आगे देखते हैं निम्न में से किस एक ग्रंथ में कहा गया कि राजा सबका शासक है राजा सबका शासक है ब्राह्मणों को छोड़कर तो ऐसा उल्लेख हमें मिलता है मनुस्मृति में यानी मनु कि जो स्मृति लिखी गई थी उसमें ऐसा उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है और राजा सिर्फ उसे सलाह ले सकता है उसके ऊपर अधिकार नहीं जता सकता ठीक है और भी कई चीजें मनुस्मृति में देखने को मिलती हैं जैसे मान लीजिए स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं देता है ठीक है मुंडन यानी जो विधवा है उसको मुंडन करवा के रहना पड़ेगा ऐसा यहां पर मिलता है ये शुद्र ये शूद्र है इनके बारे में स्पष्ट यहां पर जानकारी मिलती है कि शुद्रों को जो एक अछूत की तरह देखा जाएगा या फिर इनको समाज का एक अलग हिस्सा के तौर पर देखने देखने की यहाँ पर जानकारी मिलती है अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से किस निम्न में से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है कि ऋग्वेदिक आर्य और हड़प्पा सभ्यता के लोग एक ही थे यानी ऋग्वेदिक आर्य और हड़प्पा सभ्यता के लोग ए, एक ही थे ऐसा सिद्धांत किसने दिया है या ऐसा मत किसका है तो ये है रोमिला थापर नई आर एस शर्मा यानी जो राम शरण शर्मा इतिहासकार रामशरण शर्मा है उनका स्पष्ट मत है या उनकी विचारधारा है कि जो आर्य और हड़पा सभ्यता के निर्माता थे वो एक ही थे तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा बी आर एस शर्मा ठीक है तो ये थे हमारे आज के मुख्य मुख्य क्वेश्चन जिनके ऊपर हमने चर्चा की अगले टॉपिक पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे धन्यवाद